कर सकते हैं कई दिनों दिनों से रुके हुए काम आज आपको जो है पूर्ण होते हुए दिखाई पड़ना है पड़ रहा है स्टूडेंट है, है तो सफलता से काम निपटाने की कोशिश करते हैं तो आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा तरक्की के नए मार्ग मिलेंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज प्रयास करिएगा शनि चालीसा का आप लोग पाठ करिए ब्लैक कलर को आपके लिए व्हाइट कलर शुब रहेगा, शुब रहेगा, शुभ अंक ये, रहेगा तो ये, ये, है, है, तो ये ज्योतिष संबंधित तमाम हमारे इस चैनल पर मिलेगी नवंबर माह का राशिफल पड़ चुका है मूलांक के आधार पर राशिफल चैनल पर पड़ गया है वार्षिक राशिफल हमारे इस चैनल पर पड़ गया है